मलवा जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद रोहितवा के मलवा जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद चल अब बोल तोहर मलवा मुर्दाबाद एकदम चुप। आगे एक साथ तो बारे में बोल साले।